तो सकते हो पर अमेरिका वालों को खेती कहां आती होगी तुम बहुत सुंदर लग रही हो ब्यूटीफुल क्या कौन cool. लड़की को पसीना बहाते हुए कहां देखोगे तुमने तो वो देखी होगी ना जो एसी में रहती है कान में हेडफोन होते हैं और हाथ में सेल